यह एक सच्ची कहानी है बिहार में जन्मे क्रिकेटर मुकेश कुमार की जिनका जीवन काफ़ी गरीबी में बीता बावजूद इसके उन्होंने इसे अपनी गरीबी को कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया उन्होंने लगन से प्रयास करते हुए रणजी इंडिया ए के बाद आईपीएल और टीम इंडिया में जगह बनाई है जिले के सदर प्रखंड के कांकड़पुर गाँव निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार ने अपने टैलेंट के बल पर खेल जगत में खूब नाम कमाया है गांव की गलियों से क्रिकेट खेलकर पश्चिम बंगाल के रणजी ट्रॉफी खेलने वाले मुकेश अब भारतीय टीम में जगह बना चुके हैं बीते दिनों उन्हें दिल्ली कैपिटल की टीम ने आईपीएल के लिए करोड़ों की बोली लगाकर उन्हें खरीदा था गरीब परिवार से आने वाले मुकेश लगातार मुकाम हासिल करने से उनके परिवार वाले वालों के साथ साथ जिले के क्रिकेट प्रेमी भी काफ़ी खुश हैं मुकेश कुमार पिता काशीनाथ व मां मा, मा, मालती देवी और छह भाई बहनों में सबसे छोटे हैं मुकेश ने गांव की गलियों में क्रेट खेलने से शुरुआत की इस दौरान उनकी बेहतर गेंदबाजी को देखकर उन्हें जिला स्तरीय टीम के तत्कालीन कप्तान अमित सिंह ने जिला टीम में खेलने के लिए बुला लिया जिला टीम में बेहतर प्रदर्शन कर ही रहे थे इसी बीच शहर में अराड़ मोड़ पर सड़क हादसे में उनकी आँखों के नीचे चोट आ गई इसके बाद उनके पिता काशीनाथ सिंह उन्हें पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर लेकर चले गए और वहीं ऑटो चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करने लगे परिवार के भरण पोषण के साथ साथ पिता ने मुकेश की क्रिकेट के प्रति लगाव को देखते हुए उन्हें क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करा दिया पिता के प्रयास के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में रणजी मैच खेल अपनी छाप छोड़ दी इसी दौरान उनके पिता का बीमारी से निधन हो गया गरीबी गरीब परिवार से आने के बाद भी मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने भारतीय टीम ए में जगह बनाई न्यूजीलैंड टीम ए के विरुद्ध मैच में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई मुकेश बताते हैं कि कभी दो वक्त की रोटी के लिए उनके चाचा पिता चाचा कोलकाता जैसे शहर में ऑटो चलाते थे ताकि उनके अपने उनके बच्चे अपना सपने पूरा कर सके मुकेश कुमार ने बताया कि आज के समय में युवाओं को सबसे पहले जीवन में क्या करना चाहिए इसके लिए एक लक्ष्य बनाए लक्ष्य बनाने के बाद उस पर परिश्रम करें चाहे जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलें आए घबराना नहीं चाहिए घर के सभी सदस्यों के साथ रहकर अपने जीवन में तय किए गए लक्ष्य को पाने के पाने के लिए कोशिश करें गरीबी कोई बुराई नहीं है संघर्ष से ही जीवन आसान होता है इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों